मित्रों आज हम आपके लिए एक स्मॉल ट्री जिसको समी के नाम से हम लोग जानते हैं और कहा यह जाता है कि यह नक्षत्र वाटिका का एक प्लांट है और इसको प्रोसोपिस सिंड्रेरिया के नाम से जानते हैं यह है मैमोसी कुल का है इसके कंपाउंड लीव्स होते हैं और बाइपिनेट कंपाउंड लीव्स हैं सात से बारह लीव फ्लैट पाए जाते हैं और इसकी जो पॉड होती है पॉड के अंदर दस से पंद्रह सीड आते हैं इसका प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से आसानी से हो जाता है और इस प्लांट के बहुत सारे औषधीय गुण हैं जिसमें से कुछ जैसे कि लग्जेटिव है पेट को साफ करता है नर्वाइंटोनिक है कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो इसके अंदर क्या पाया जाता होगा इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स फ्लेवनोइड्स एल्कलॉइड्स और कई प्रकार के मिनरल भी इसके अंदर पाए जाते हैं आज हम इसके औषधीय गुणों की चर्चा कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि योग सही योग क्या हो कैसे इनको लिया जाए इसका इस्तेमाल जैसे कि डायरिया में भी करते हैं हीमोरिजिक डिसीज़ होती है ब्लड लॉस का होना उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं इसके थॉर्न्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं थॉर्न कांटे इसमें होते हैं और यह है कफ अस्थमा वर्टाइगो और हेयर लॉस करने में हेल्प करता है जहां आप हेयर लॉस कराना चाहते हैं बालों को रिमूव करना चाहते हैं इसकी फली को हमें रगड़ना चाहिए इसके साथ साथ अगर आप देखें कई बार दांत के काटने से या नखून के कारण जो विष का असर शरीर के ऊपर आ जाता है ऐसे केस में समी नीम और वट तीनों की छाल का पाउडर बनाकर महीन पाउडर बनाकर उसको हमें सरसों के तेल में मिलाकर लेप करना चाहिए प्रमेह या प्रदर की समस्या हो तो इसकी जो ये पत्तियां हैं आप 10 ग्राम पत्तियां ले लीजिए और 2 ग्राम जीरे के साथ एक सार कर लीजिए और एक गिलास दूध के साथ पीना चाहिए डिसयूरिया की समस्या हो तो हमें इन्हीं कोमल पत्तियों को लेकर जीरे के साथ मिलाकर और 200 सौ दूध के साथ पीना चाहिए मूत्र में धातु का आने की एक समस्या होती है जो गर्म दवाएं खाने से कई बार हो जाता है तो समी की कोमल पत्तियों को लेकर हमें इसमें इसका स्वरस बना लें और गाय के दूध में इसको उबाल लें और स्वाद अनुसार इसमें आप मिस्री मिला लें और इसको पीना चाहिए कई बार अस्थि संधान के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है काटलेज फट जाता है या हड्डी टूट जाती है उस केस में इसके जो छाल होती है छाल का महीन पाउडर कर लें और उसका डिकॉक्शन बना के पिलाएं और छाल की राख बना लें और उस राख में तिल का तेल मिला कर इसकी पट्टियाँ बनाकर उसमें बांध लेनी चाहिए पाचन की अगर समस्या हो तो ताज़ा पत्तों का रस लेकर दो से तीन चार इसमें एम मिलीलीटर हमें नींबू का रस मिला लें और स्वाद अनुसार इसमें सेंधा नमक मिला लें खाने से पाचन की समस्या दूर होती है कान में दर्द है या फिर सुनने में थोड़ी सी समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए इसकी पत्तियों का सूरस बनाकर छान लें और कान में इसको डालना चाहिए अगर नेत्र रोग की समस्या है तो इन्हीं कोमल पत्तियों का सुरस बनाकर छानकर एक से दो ड्रॉप आँखों में डालनी चाहिए इस तरह से आप देखेंगे कि ये प्लांट हमारे लिए कितनी सुलभता से अपने औषधीय गुण हमको देता है हमें स्वस्थ रखता है पशुओं में भी यह जनरल बॉडी वीकनेस की समस्या हो जाती है या फिर मस्कुलोसकेलेटल डिसऑर्डर्स अगर हैं तो इसकी कोमल पत्तियाँ और इसका छाल पाउडर बनाकर सरसों के तेल में मिलाकर कर पिलाने चाहिए आसानी से पशुओं की समस्या भी निराकरण यह कर देता है और इस तरह से ये विशेष औषधि यह गुण रखता है आप सब इसका इस्तेमाल कीजिए ना केवल यह देवीय प्लांट है बल्कि ये औषधीय गुण भी रखता है आप सभी का धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ आपके संरक्षण के स्वास्थ्य स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने हेतु धन्यवाद